आज की यात्रा उज्जैन के लिए हैं हाँ।, हाँ आज बाबा महाकाल के दर्शन होंगे हमारे हमारा प्लान रात में बारह बजे बना और सुबह पाँच बजे उठ के छः बजे हम हेलो गाइस गुड मॉर्निंग बाबा महाकाल के लिए चल पड़े मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे देखना यूट्यूब चैनल बनी ब्लॉग आज हम जा रहे हैं उज्जैन रात में हमारा प्लान बन गया अचानक बारह बजे और ये हम, हम मिल गए सुबह साढ़े छ बजे ये इसको पिकअप करने आए हैं यहाँ से निकलते हैं और उज्जैन के लिए आज बहुत मजा आने वाला है मजा आने वाला मजा तो आने वाला है क्योंकि आशीष ने प्लान बनाया है मजा तो आने वाला चलते हैं आज हम महाकाल दर्शन के लिए चलिए आगे मिलते हैं भाई आशीष को उठा लेते हैं पहले आओ हम oh yes. भाई यस क्या फिर बहुत बढ़िया भाई क्या कर रहे आशीष भाई का आज हैं आशीष भाई का क्या कर रहे करे हुए हैं वो चर्च पे आशीष खड़ा हुआ है चर्च <laughs> पे चर्च गेट बर्खेड़ी। बर्खेड़ी। चलते हैं आशीष का ये प्लेयर हो गया खराब और यस भाई लिया है ये ब्लूटूथ स्पीकर इसको बजाते हुए जाएंगे और मौज करेंगे। तो क्यों भी नहीं रखी है ताँगी ताँगी तो है मैं सोच रहा था था होगा होगा अच्छा खासा था हो आ, अच्छा था। वो ये देखो रेनबो अरे वाई ये हम भोगदा वाले रोड पे ही खड़ा तू है भोगदा पुल में मैं। और गाइस आज आज है है so, तो नहीं क्या तुम लोगों झूठ बोलने की आदत नहीं है ये अभी तक है प्रभात भारत गाना टू गाएगा और हम सुनते हो जाएंगे हरे हरे शब्दू क्यों हाँ अरे, अरे आ, आज गाना तू ही गाएगा आज गाना तू ही गाएगा या मैं के सामने खड़ा हूं। मुझे। इतनी बड़ी गाड़ी नहीं अरविंद को आ गया गुस्सा नाटक कर रहा है है खड़ा यार आया नहीं लेने आ गए चर्च पे और वो पहुंचे नहीं है ही नहीं है भाई भाई खड़ा खड़ा खड़ा देख तेरे सामने सामने यार थोड़ा इधर तो आ में <laughs> में इसको डांटता हुए हद कर रहे हो तुम हद कर रहे हो मतलब मजा मतलब म... अरे घूम रही है है है वो, वो, आ, वो ना तो कलर चेक निकल गया ये खड़ा दो दो दो दो दो दो छोड़ दिया क्या? है है आओ ने? ने? <laughs> ने कार में चला रही है। ये <laughs> आज भाई से हुए पता नहीं धूप न कर आज तो धूप न कर लिया शार कमीने। क्या हो था अभी हजार रुपए रुपए कितने हजार जो भी आगा है ना रूपए दर्शन करने जा रहे हो ठीक है ही नहीं वाला एक और भाई समोसा लगाएंगे आशीष भाई की तरफ सेवाएंगे तो उनके बाद अभी मजा नहीं आएगा ये आगा हम भारत टॉक ये है भारत टॉक ये आ गया सो गार्डन ब्रिज, निकल गया। वी आई पी लम्बा पड़ आगे नहीं खराब हो गई अच्छा है, है? नी आई पी रोड से।, तो से जा रहा है यस भाई ने बोला कि मजा आ जा जाएगा वी रोड से चलते हैं काली जी के मंदिर का ऊपर वहां से सड़क खाली खाली है रोड। तू चला ठीक है ना अभी तो अभी तो संस्थान आ रहा है जहा उसमें कराया जाए कर लिया ब्लूटूथ ब्लू टूथ ब्लूटूथ टूथ कर लिया है काली का मंदिर के बिना चले ये सास किस तरह मेरा कर्म तू ही जान क्या बुरा तो देना पड़ेगा। ऑफ रोडिंग आ गई ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग आ गई तो ये वीआईटी की ऑफ सा रोड था वो रोड करने के बाद नाए, आप... ये आ गया है हम तो करेंगे। कौन सा क्या बोलते हैं राजा भोज सेतु ये हम आ गए हैं सिग्नल पे और ये भाई किस्मत बहुत अच्छी है। जाने जाने जाने तो भाई, जाने तो भाई। है वी आई पी रोड खड़े हैं रोड हाँ हाँ हाँ हाँ आए हो ही मैं तो ढाई बजे रोज़ टाइम उस टाइम में है ना का फोन आया था, था। नींदी थी मेरी वो है दूर रेनबो देख रहा है ऐसी टन पे डेढ़ से चला ले गाड़ी डेढ़ तो सौ चलाना है चला भाई कौन सी वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे होंगे दाईं में छोटी हवायास सॉन्ग सॉन्ग दाईं में टाइम टाइम पे वादा है है Tommy Rao पानी टाइम में टाइम में टाइम में वीआईपी रोड का तो मज़े ही कुछ चोर है, है। गाड़ी ठुकी ठुकी एक्सीडेंटल ये हो गया है एक्सीडेंट पता नहीं कब हुआ है रात में हुआ है कब हुआ है कौन सी है भाई ये तो है टोय टे वही मजा आएगा सब आज आएगा सब आ जाएगा अभी पप्पा को सब्सक्राइब करवाता हूँ <laughs> पप्पा को सब्सक्राइब करवाता हूँ और फिर दिखाता हूँ आशीष की करतूत कुछ हो जाए करतूत पे क्यों नहीं होगा भाई, से भाई मेरे पता तो चले कितने किलोमीटर चली गाड़ी भाई अपन के तो लबंग बिल्कुल बिल्कुल सात सात किलोमीटर तो आएगा हूँ सही बात है <laughs> हिसाब से दे, दे, दे, दे। में <laughs> क्या तो आप बता दीजिए सर फिर तो अपना वाला है। नहीं, बता दीजिए अपना फिर भाड़ में सब भूल जाता हूँ दो मिनट लगती है भाई अपना वाला है अभी तो साथ आ गए हम लाल घाटी आ गए हैं राइट साइड में चले जाता है स्टैंड और फ्रंट में चले जाता है गांधीनगर एयरपोर्ट यह है इंदौर रोड ये ये लग चुके हैं इंदौर रोड पे आ पटाखों के, के एरिया में और साड़ी के बाजार में सज्जैन के ट्रिप पाएंगे पूरे पार्ट में और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना गाइज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना गाइज़ चलो हम फिर तो डला लेते हैं मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय गाइज मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में